तो आज के के इस ऑनलाइन क्लास में हम सुशांत जी साथ हैं और सुशांत जी के हमने इससे पहले जस्ट एक सिलेक्शन मेथ किया था ये हमारी दूसरी क्लास है हम बात करें फाइल मिनु का सुशांत जी से मैंने आपको बोला था कि हम जो काम करें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके साथ विनू के हिसाब से तो मेनू के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो फाइल में नुबार हम शुरू करते हैं फाइल मेनू बार में यहां हम बात करते हैं सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे आप तो होम आता है हम्म हम्म राइट तो इस होम में तो होता क्या है सबसे तो पहले तो आपकी न्यू ब्लैक सीट और आपके द्वारा यूज किया गया टैंपलेट्स है क्या होता है हम हम बाद बाद में जिक्र करेंगे थोड़ी देर फिलहाल बढ़ते हैं यहां जो आपका रिसेंट है, रिसेंट फाइल जो आपने किया है फाइल्स जो, है है? तो जो आप रिसेंटली फाइल ओपन का मतलब जो हम Use करते कर, तो कर, तो कर सकते हैं जो फाइल आप मोस्टली ओपन करते हैं न्यू में आते हैं तो न्यू में आपके यहाँ पे ब्लैंक वर्क बुक के अलावा यहाँ जो दिखता है वो आपका दिखता है टाइम अब टाइम के बारे में बात करते हैं कि टाइम होता क्या है क्या देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे आपके बने बनाए टाइम मिलते हैं जिसको यूज कर आप अपना काम कर सकते हैं अब इसको यूज कर इन देंस कि मान लीजिए मुझे इनवाइस जनरेट करना है ठीक है मुझे इनवाइस जनरेट करना है अब बनाने का मेरे पास कोई फॉर्मेट नहीं है इसे पहले बनाया नहीं या फिर बनाने का टाइम नहीं उन सारे केसेस में हम क्या करेंगे कि यहाँ सर्च कर लेंगे जैसे मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे बिल या इनवाइस जो भी कीवर्ड है सर्च कर लिया पर ध्यान रखिएगा जब सर्च कीजिएगा तो आपके सिस्टम में इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए क्योंकि तो इंटरनेट से चलता है अब यहां हम अपना जो भी इन्वाइस का फॉर्मेट आपको सूट करता है उस इन्वाइस के फॉर्मेट पे क्लिक करें एंड क्रिएट कर दें क्रिएट हो गया सर अब इसमें अपना जो बाकी चीजें हो चाहिए चेंज कर लें और देखिए आपका इनवाइस वर्क गया अब ये टैंपलेट बने बनाए हैं आप भी खुद अपने टैंपलेट बना सकते हैं किस तरह के टैंप्लेट इसे मान लीजिए मैं एक, एक फॉर्मेट आपके सामने डिजाइन करता हूं छोटा सा हम फॉर्मेट यहां डिजाइन कर रहे हैं ठीक है छोटा सामने बना दिया अभी क्या है कि मुझे इसको इसके जो डेटा है मुझे हर दिन फीड करके भेजना होता है ठीक है सर ठीके। तो आप कोई भी रिपोर्ट जो ऑफिस में बनाते हैं तो क्या करते हैं आप प्रीवियस रिपोर्ट को ओपन करके सेवेंस करते हैं बराबर फिर इसको आप सेव एज करके नई रिपोर्ट में प्रीवियस डेटा को डिलीट करते हैं नया रिपोर्ट बनाते हैं राइट राइट सर ऐसा हो कि जब अपने फाइल को ओपन करें तो आपका ऑलरेडी सारा डेटा डिलीट होके मिले ये अच्छा रहेगा सर हाँ बराबर तो उसके लिए हमें फाइल को सेव एज करना होगा और सेव एज में हम यहां क्या करेंगे ब्राउज और ब्राउज में यहाँ मतलब कि जो सेव एज टाइप होता है जहां पे डिफॉल्ट एक्सल वर्कबुक या माइक्रो वर्क वर्कबुक होता है उसको हम आ, पे सेलेक्ट टैंपलेट एक्सेल करेंट में अब यहाँ पे मान लीजिए मैं दे देता हूँ सेल्स दे दिया सेल्स करेक्ट। हाँ अब मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे सेव कर देता अब इसको क्लोज कर दीजिए क्लोज कर। अभी देखिए सेल्स का फाइल हमारा बन गया ये रहा तो एक बार देखिए आइकन भी चेंज है दिख रहा है सर आइकन का चेंज हो गया इस डायरी की तरह आ गया ना सर डोट की तरह ही ओपन करूंगा इस सेल्स वन ओपन होगा अच्छा तो दोबारा इसको दोबारा ओपन करो तो सेल्स टू ओपन जैसे आप नई एक्सेल खोलते हो तो बुक वन बुक टू बुक थ्री खुलता है ना बराबर सर उस तरह से हमेशा आपको ब्लैंक डेटा ही देगा अभी से कुछ कुछ करने के बाद जब इसको सेव करूंगा तो फिर सेव नहीं होगा ऑटोमेटिकली सेव एज होगा मतलब कि आपकी जो सेल्स वाली फाइल है वो हमेशा सेव रहेगी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा हम्म ये टाइम सेविंग हो जाएगा जी हाँ तो टाइम सेविंग भी है ऐसे होता क्या है जैसे कि मैं मैंने एक बार हुआ क्या था मेरे साथ मैंने इसका यूज करना क्यों शुरू किया था इसको बताता हूँ आपको मैं तो बेसिकली मैं एक बहुत ही क्रिटिकल रिपोर्ट बना के मैं हर दिन मेल करता था अब हुआ कि मेरे बॉस कुछ दिन के लिए आउट ऑफ तो इंडिया चले गए और उन्होंने बोला की रिपोर्ट जो है एक सेकेंड पर्सन को भेजने गई वो चेक करेगा मैंने उसी उसको भेजा तो उसने क्या बोला कि मुझे इस रिपोर्ट के दो कॉलम हटा दो मुझे दो कॉलम मुझे नहीं चाहिए मुझे देखने का राइट नहीं ठीक है तो मैंने वो दो कॉलम डिलीट कर दिया अब हफ्ते दो हफ्ते बाद हमारे बॉस वापस आए उनको भी मैंने रिपोर्ट भेजा तो कुछ दिन बाद वो बोल कि यार इसमें दो कॉलम नहीं है मैं भी कंफ्यूज हो गया कि दो कॉलम रिपोर्ट में क्यों नहीं है? फिर मैं एक एक दिन करके तीन महीने का डेटा देखा तो पता चला कि तीन महीने पहले मैंने चेंज किया था अब वो चेंज हमें वो चेंज कुछ दिनों के लिए करना था या एक उसी को चलता गया क्योंकि हम मैं हमेशा प्रीवियस रिपोर्ट को सेवैज करता चला गया तो उसी से मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे एक फॉर्मेट रखना चाहिए ठीक है सर बराबर ये बहुत हेल्पफुल चीज है हाँ एक फॉर्मेट रखना चाहिए तो इसलिए मैंने अपने सारे रिपोर्ट को फॉर्मेट में डाला एक और फायदा होता है सर, इसमें एक क्वेश्चन है कि आप जब भी इसको ड्राफ्ट करेंगे जो नेक्स्ट रिपोर्ट ओपन करेंगे वो एक्सेल प्रमाण में सेव होगा कि ड्राफ्ट प्रमाण में सेव होगा एक समय सेव होगा ना वो तो से जो टाइप लेक्ट करेंगे उसमें सेव होगा अच्छा, क्लियर है क्लियर है क्लियर है तो अब हम बात करते हैं टेम्पलेट से बाग बढ़ते हैं ओपन पे तो ओपन में भी आपको यहाँ पे सबसे पहला लिस्ट जो दिखेगा और पिंग लिस्ट दिखेगा जहां पे पिन हुआ है फिर उसके नीचे बाकी आपका जो रिस्टेंटली ओपन और यहाँ पे कैटेराइज होगा डेट माना कि इसमें डेटा टूडे स्टर्डे लास्ट वीक एंड ओल्डर जैसे आपके आउटलुक में होता है इसमें एक फोल्डर की भी कैटेगरी है आप अपना फोल्डर भी यहाँ दे सकते ठीक ठीक है। सर। अब बात करते इन्फो इन्फो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है चलिए इसको समझाते हैं जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी डायट डेटा uh, नाम का एक फाइल दिख रहा है अब डायट डेटा नाम का जो फाइल है वो हमने उसको लिया है अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें आपको दिख रहा है फाइल नेम Author name, size और आपकी छोटी मोटी फाइल तो एक बार क्लिक करते ओपन हो जाती है लेकिन बड़ी बड़ी फाइल ओपन होने में तो टाइम बहुत लगता है ना सर बराबर तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी टाइम आपका बहुत लगेगा ठीक है तो इस केस में हम क्या करते हैं यहां पे हम इस इसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम यहां डिटेल्स में यहां चेंज कर देते हैं टाइटल है टाइटल को चेंज कर देते हैं या पे कुछ भी डिटेल डालना हमने दे दिया बी डी प्रो जेक्ट ठीक है यहां पे और कोई कुछ देना चाहते हो दे दीजिए ठीक है टैग दे दीजिए किसको इसको सर्च कैसे कैसे करेंगे मान लीजिए फाइल का नाम भूल गए तो इस फाइल किसके लिए बना है किस डेटा बना है इससे कुछ टैग लाइन दे दी ताकि सर्च करेंगे तो सर्च में आ जाएगा इसमें मैंने बीबी डाल दिया इसके लिए फाइल इसका नाम बीबी शॉर्ट कहते हैं हम लोग इसको अप्लाई कर दिए एक बार आप अपने डेस्कटॉप के फोल्डर को रिफ्रेश कर अच्छा तो आप तो आप अब मुझे इस फाइल में क्या है इस चीज को जानने के लिए हमें इस फाइल को ओपन करने की जरूरत तो नहीं है नहीं।, नहीं है ना सर नहीं टाइटल देख से सब्जेक्ट देख से मालूम हो जाएगा जी हाँ तो इसी तरह की चीजें हम करते हैं इन में जाते हैं इसमें सर्च में भी मान अब सर्च जैसे करूंगा मैं सर्च कर रहा हूँ या किसी और फोल्डर में सर्च कर रहा हूं अब जैसे मैं यहाँ पे बीडी लिखूंगा या डैशबोर्ड लिखा देखे आपको बी प्रोजेक्ट फाइल अब बीडी प्रोजेक्ट फाइल नाम कोई फाइल नहीं है सर लेकिन उसका टाइटन हमने लिखा हुआ था इसने ढूंढ दिया ना सर हम्म ढूंढ लिया। तो इसको सर्च में भी आपके लिए बेटर होता है इसको हमको रिनेम करना पड़ेगा पहले नहीं रिनेम करने की जरूरत नहीं है तो नहीं किया सर तो मतलब जो प्रॉपर्टीज में जाकर आप प्रॉपर्टी में जाकर रिटीएल डालना होगा कुछ ऐसे फाइल हम लोग बनाते हैं ना इसमें मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसके बारे में हम जान सकते हैं तो हम क्या करेंगे उस फाइल की प्रॉपर्टी तो बताने की जरूरत नहीं है नहीं नहींको में सर और सर था। नहीं इनको चीजें बाद में बढ़ाऊंगा मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाया फिलहाल ये चीजें बाद में बढ़ाऊंगा ठीक है ना ठीक अभी अगर प्रोटेक्ट वर्कबुक से पहले आप प्रोटेक्शन सीख तो लेंगे हाँ बराबर सेव एज में कुछ खास नहीं है तो नहीं। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा अगर आप फाइल कोई सेव करते हो तो बाई डिफॉल्ट आपका जो होता है वो एक्सेल वर्कबुक होता है ठीक है यहाँ सेव एज टाइप डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट एक्सेल वर्क होता है लेकिन आप ऐसे फाइल जिसपे कुछ कोडिंग लगा हो कोई कोड वगैरह फाइल में है ऐसे फाइल को सेव करने से पहले आप जरूर सोचें क्योंकि तो आपने कोड वाली फाइल को सेव कर दी एक्सेल वर्कबुक में तो आपकी फाइल सेव नहीं होगी कोडिंग के साथ कोडिंग आपका डिलीट हो जाएगा ओके सर हाँ, got it. तो कोडिंग आपकी डिलीट हो जाए तो ऐसे फाइल को हम माइक्रो वर्कबुक में सेव करते हैं तो जिस फाइल के अंदर कोड कंटेन किया हुआ है उसको हमेशा हम कहा सेव करते हैं एक्सेल वर्कबुक बाकी प्रिंट कोई खास नहीं है शेयर भी कोई खास नहीं है फाइल वन ड्राइव पे शेयर होती है वो है हुँ. उसके बाद पब्लिस जब पावर भी यूज करेंगे तो समझ में आएगा कि डायरेक्ट पावर भी से क्लिक कर सकते हैं अकाउंट अकाउंट में जैसे कि अगर आपके पास ओरिजिनल एक्सेल है तो आप अपना वन ड्राइव का लॉगिन कर सकते हैं और अपने जैसे एक्सल को अपडेट वगैरह कर सकते हैं ठीक है फीडबैक का यूज अगर आप ओरिजिनल यूज करते तो फीडबैक का यूज किया जाती जैसे कि मान लीजिए कोई फॉर्मूला कर रहे हो आपको लग रहा है कि फॉर्मूले में ऐसा होना चाहिए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है है जिसे इसको लगता है कि नहीं यार ये इस तरह से होना चाहिए कुछ ऐसी तो यूजर, तो यूजर आपको आपको आपको सजेशन कर, सजेस्ट कर सकते हो जैसे वी लुकअप में आ, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट नहीं होता था तो बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया एक्स लुकअप नाम का ना फॉर्मूला नया निकाल दिया mm. तो हमें इन फ्यूचर में काम एक्सेल पे ही करना है ना सर तो क्यों ना एक्सेल में होने वाली प्रॉब्लम की फीडबैक हम माइक्रोसॉफ्ट को भेजते रहे अगर सेम टाइप की फीडबैक माइक्रोसॉफ्ट को अगर नंबर ऑफ क्वान्टिटी में मिलेगा तो माइक्रोसॉफ्ट अपने डेवलपर टीम को जो है फॉरवर्ड करेगी कि भाई इसको तो इम्प्रूवमेंट होकर आएगी नया वर्जन में तो हमारे लिए फायदेमंद है ना सर क्या बोल रहा हूँ मेरे पास नहीं है कोई बात अभी नहीं है इन फ्यूज में तो होगा ही नहीं होगा कभी ना कभी चेंज करेंगे ना क्या बराबर सर अब बात करते हैं हम ऑप्शन देखिये ऑप्शंस के अंदर में क्या है ऑप्शन के अंदर में और चीजें हैं एक्सेल की सेटिंग अब बोलेंगे सर मुझे दूसरी क्लास में ही सेटिंग क्यों पढ़ा रहे हैं इसके पीछे रीजन है रीजन ये है कि हम जो है आ, कोई भी चीज लेते हैं नया तो उसको हम अपने हिसाब से रीसेट करते हैं ठीक है सर जैसे आप नई सेलफोन लेते हो तो उसको आप क्या करते हो रिसेट करते हो लैंग्वेज कस्टमाइज करते हैं हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से लैंग्वेज क्या है टाइम जोन क्या है सेम उसी तरह से आपने एक्सेल लिया है तो आप इसको भी आप कस्टमाइज करें ठीक है तो कैसे कस्टमाइज होगा मतलब कि इसकी जो सेट डिफॉल्ट सेटिंग है उसको चेंज कर फॉर एग्जांपल ये देखिए अनिव्यू तो अब जैसा नहीं कि आपको सारा सेटिंग चेंज करना है नहीं कुछ ऐसे सेटिंग है जो कि हमें है, कुछ ऐसे बेनीफिट भी कलर पे करते हैं तो ये दिख रहा है आपको ये चीजें कभी कभी नहीं होगी अगर आपके एक्सल में किसी ने इस अनेवर लाइव प्रिव्यू को अनचेक कर हम्म हम्म तो आप चेक कर ले दूसरा किसी भी फीचर्स के ऊपर मान लीजिए मुझे कंडीशन के बारे में जानना है तो मैं कर्सा रखता हूँ जब लेते थे ना तो इस चीज को डिसेबल कर देते थे ताकि सामने वाला पर्सन जो है ना वो तुक्का ना लगा सके जैसे मैंने बोल दिया कि कंडीशन वोटिंग जानते हो वो सर जानता हो तो लगा के बताओ क्या करता है अब उसने बोल तो दिया कि मैं जानता हूँ लगा के बताओ तो क्या करेगा उस पर कर कड़सर इसके बारे में जान लेगा थोड़ा सा उसका लगा देगा क्या तो इस केस में हम लोग एक्सल ऑप्शन में ये रहा आपका डॉन्ट सो स्क्रीन टिप्स देखिए सर बराबर तो इससे एक फायदा होता है इससे तो एक और फायदा है कि बहुत सारे किसी हम लोग स्क्रीन लेते हैं जैसे आप टेस्टिंग का काम करेंगे या किसी ने आपको कोई डेटा गलत भेज दिया तो उसको बताओगे कि भाई मेरे डेटा में इस जगह पे गलती है तो वो फोन पे नहीं समझेगा जहां पे गलती है उस डेटा को हाईलाइट करके भेज तो चला जाता है तो क्या होता है वो स्क्रीन टिप्स भी कैप्चर हो जाती है तो उसकेस में भी हम इसको डिसबल कर देते हैं तो इन शॉर्ट यही हुआ कि आप जब किसी ऑप्शन पे कर्सर रखते हैं उसके बारे में जो टिप्स देता है वो डिसेबल करने के लिए आप यहां से ले सकते हैं। ओके सर? बराबर। अब इसमें आता है यूज दिस फॉन्ट यहाँ पे आपको फॉन्ट दिख रहा है क्लेवरी अब जैसे डिफॉल्ट जब फाइल आप ओपन करते हैं तो आपका फॉन्ट होता है सर या कोई और फॉन्ट होता लेकिन हम वो फॉन्ट यूज नहीं करते हम अपने हिसाब से अपना फॉन्ट यूज करते हैं ठीक है अपने हिसाब से जो अपना फॉन्ट यूज करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि हर बार चेंज करना होता है एवरी टाइम तो यहां आप अगर अपना फॉर्ट जाकर चेंज कर दें जब भी कोई नई फाइल ओपन करेंगे नई शीट ओपन करेंगे तो आपका जो फॉर्ट आपने सिलेक्ट किया है वो फिक्स हो जाएगा ठीक है की साइज़ कितने नंबर ऑफ़ होगा वो आपका दी जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको दिख जाएगा आपका ऑथर नेम यूज़र नेम जो होता है सुशांत जी ये आपका ऑथर नेम होता है जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि कौन सा फाइल किसने बनाया है, तो कैसे रखते दिख जाता है ना ऑथर स्कूल तो यूजर नेम से लेता है, जो आपकी होती है और में सिस्टम वार, वार, है तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं दिखता ऑफिस थे क्या है कलरफुल है अगर मैंने इसको डार्क ग्रे करके ओके कर दिया तो देखिये डार्क ग्रे हो गया मैं इसको डार्क ग्रे के जगह पे कर दिया ब्लैक तो ब्लैक हो गया अच्छा थीम चेंज व्हाइट कर दू तो वाइट हो जाएगा सिस्टम सेटिंग सिस्टम सेटिंग हो जाएगा कलरफुल कर दू मतलब जैसा था कलरफुल वैसा हो जाएगा ओके ठीक है सर उसके बाद यहाँ फॉर्मूले वगैरह में भी आपकी सेटिंग है लेकिन मैं सेटिंग पढ़ाने से पहले मैं बोलूंगा आपको कि आप उसको अच्छे तरीके से देख ले तो